गर्प तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है जब दर्द तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है जब दर्द तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है किस्मत में फिर मेरे ही किस्मत में क्यों रंग उठाना है जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है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 दरबार से अब फर्क उठ कर नहीं जाना है जब दर पे तुम्हारे ही हदमों का ठिकाना है फिर मेरे ही किस्मत में क्यों रंगे उठाना है यादों को, यादों, यादों को सुनने में है कौन सिवा शिवा तुमसे फरियादों के सुनने में है कौन सिवा शिवा तुमसे फरियादों को सुनने में कौने सिवा तुमसे फरियादों के सुनने में तुम से जब तुम ना सुनोगे मेरे जब तुम ना सुनोग मेरे फिर किसको सुनाना है जब कैसे तुम्हारे हदमों का ठिकाना है फिर मेरे ही किस्मत में है। रंग उठाना है मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं है अब मेरी तो कोई करनी निभने नहीं है अबे मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं है अबे मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं है अबे जैसे भी निभाओगे जैसे भी निभाओगे अब तुमको निभाना है मों का ठिकाना है जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है जब दर पे तुम्हारे ही अजमों का ठिकाना है फिर मेरे ही किस्मत में क्यों रंग उठाना है मध में क्यों रंग उठाना है